सो so, आप भी फेस्टिवल बैनर बनाना चाहते हो कुछ इस टाइप का तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पीक आर्ट आप सही सुन रहे हैं पीक आर्ट से आप इस तरह की बैनर को कैसे बना सकते हैं सो so, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप इस तरह का कोई बैकग्राउंड चूज कर लें जैसे किसी का भी फोटो दिया हुआ हो जैसे मैं आपको बता देता हूँ आपको सिंपली आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आपको चल जाना है अपने ट्विटर अकाउंट पर यह रहा मेरा ट्विटर अकाउंट यहाँ से जाने के बाद जिस भी आ, जिस भी चीज़ के आपको बैनर चाहिए जैसे मुझे शिवरात्रि की बैनर चाहिए तो यहाँ से मैं हैश शिवरात्रि क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा सर्चिंग में टाइम ले रहा है ये कुछ आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद देखिए ये बहुत सारा यहाँ पर बैनर बना बनाया मिलता है जो लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं यहाँ पे मैं लेटेस्ट पे क्लिक करता हूँ अब सर्च करने के बाद देखोगे इस तरह का बनाया बनाया पोस्टर आपको मिलेगा सिंपली मैं कोई एक पोस्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे जैसे मैं एक अच्छा सा पोस्टर पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे आप एडिट करके अपना बना सकते हैं अपना जो बैनर है वो बना सकते हैं सो so, मैंने यहाँ पे एक ये वाला बैनर सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लीजिए सेव करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है आपको डायरेक्ट चल जाना है पीक आर्ट में मैं यहाँ से पीक आर्ट में चल जाता हूँ पीक आर्ट में जाने के बाद ये पीक आर्ट ओपन हो गया यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके एडिट ऑफ फोटो पर क्लिक करके आपको जो आपने सेव किया है जो बैनर को उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ चीज़ें आपको हटानी है जिनकी जैसे इनकी फोटोज इनके नाम तो आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ऐड फोटो पे आप दोबारा से क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद फिर इसी फोटो को सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे ऐड करने के बाद क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ से हल्का सा जिस भी कलर में आपको जिस भी कलर में आपको आ, इसको फिल करना है आप यहां से मैं ये वाला कलर ही सेलेक्ट करता हूं। मैंने क्रॉप करके ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया इसके ओके पे क्लिक करूंगा ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा इनका जो फोटो था वो खत्म हो गया अब यहां से रही नाम की बात और यहां से एक और भी है यहाँ पे लोगो लगा हुआ है किसी चीज का उसको भी हमें रिमूव करना है तो ऐड फोटो पे क्लिक करके ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद फिर से यही फ़ोटो को दोबारा ऐड करना है ऐड करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ से जिस भी फोटो की हटाना है वहाँ से उसका कलर भी आप देख लो कि ताकि अच्छा लगे देखने में मैं यहाँ से इसी कलर में सेट कर लेता हूँ देखिए ये पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने इसको एडिट किया है तो आप क्या करना है यहाँ से ओके पे क्लिक करना है ओके पे क्लिक करने पे लिए के, लिए के बाद आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ का ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे सेप का ऑप्शन आ रहा है सेप के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए यहाँ पे जिस भी सेप को आपको सेलेक्ट करना है जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद फिल यहाँ पर फिल पर क्लिक कर दीजिए फिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिए ओके पर क्लिक करने के बाद जिस भी कलर में आपको सेलेक्ट करना है आपको सेलेक्ट कर लीजिए मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जिसपे आप अपन नाम ऐड कर सकते हो सो तो मैंने यहाँ पे ये इंटरफेस ओके कर दिया अब देखिए हमारी जो बैनर है कुछ ही मिनट में ये चेंज हो गई इसके बाद आपको अपनी फोटो को लगाना है मैं कोई ऐड फोटो पे क्लिक करके कोई पर्टिकुलर फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ सपोज मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया है इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ बस मोदी जी का ही फोटो आए मैंने इसको कर लिया क्रॉप क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ राइट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ फोटो को बैकग्राउंड में कुछ कुछ आ रहा है तो यहाँ से आप कट आउट पर जाएंगे कट आउट पर जाने के बाद पर्सन पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका जो फोटो है बस वही रहेगा बाकी बाकी बैकग्राउंड हट जाएगा यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा जो फोटो का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है यहाँ से मुझे फ्लिप करके रोटेट कर लेते हैं इस टाइप से फोटो अच्छी लग रही है यहाँ से इस टाइप से और रही नाम लिखने के बाद तो यहाँ से जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है यहाँ से सिंपली उस फोटो उस टेक्स्ट को आप यहां से इजीली ऐड कर सकते हो यहां से फॉन्ट भी दिया हुआ है जिस भी फॉन्ट में आपको इसको एडिट करना है ये देखिए बहुत सारी फॉन्ट दी हुई है यहां से ये फॉन्ट काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे जिस भी फॉन्ट को आपको ऐड करना है ऐड करके यहां से आप सेव कर सकते हो सो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो